तो स्मार्टफोन को बैन कर दिया है बैन किए गए में मशहूर गेम गरीना फ्री फायर भी शामिल है भी गया? अरे हाँ यार मैंने अभी न्यूज देखा यार, को दुनिया भर के इंस्टाग्राम में टैक्स आया अरे, पता चला भी। अरे मेरे को कुछ आइडिया नहीं था